भोपाल में विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के तहत मानसिक स्वास्थ्य विषयक सेमिनार का आयोजन किया गया अंतर्राष्ट्रीय थीम सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य व कल्याण को वैश्विक स्तर पर प्राथमिकता पर आधारित इस सेमिनार में मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी ने इस पर आधार वक्तव्य दिया सेमिनार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में मानसिक स्वास्थ्य उप संचालक डॉक्टर शरद तिवारी ने मानसिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में दी जा रही मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और गतिविधियों की जानकारी दी उन्होंने बताया की प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालय स्थित मन कक्ष के माध्यम से मानसिक समस्याओं की निःशुल्क जाँच परामर्श उपचार और जागरूकता की सतत गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है आप देख रहे हैं दखन न्यूज